रिजल्ट लाने के लिए बातों से से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। लोगों को अपने सपने कभी मत बता बस उन्हें पूरा करके दिखाओ। क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देगी अच्छी किस्मत शायद ही आपको पहुंचा दे सफलता के लिए आपको तीन चीज चाहिए होती है भगवान का साथ मां बाप का आशीर्वाद और खुद पर भरोसा सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है को मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए यदि आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो हर दिन अपनी कमियों को पूरा करने का प्रयास करो जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और खुद को सबल मानोगे तो सबल और शक्तिशाली बनोगे उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर सको मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है खुद को परखना भी जरूरी है तभी तो पता चलेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं